तमाम तरीफ़ हमदोसना जलमजदल करीम के लिए हर किस्म के दरूदलम नबी महतरम शफ़ी मख्तम आकए कुलम रसुलदाना सबुल अहमद मुशतबा जनाब हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसल् की ज़ा वाला सिफ़ात के लिए हमदोसलाद के बाद इमामा सिराजुलमा हज़रत सैद ना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा र्ल आपकी सीरत पर सवान पर कुछ बातें आज की गुफ्तु का मौजूँ हैं चूँकि इमाम साहब रहमत ला का विशाल शाबान में हुआ या रजब में हुआ इन दो महीनों में से बख्तलाफ रिवायात आपका विशाल है उमत मुस्लिम को फिका का बहुत बड़ा जख़ीरा देने में और लोगों को मसाइले शरी से आगाह करने में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया वो इमाम अजम अबूनीफा की ज़ात है इमाम साहब एक ताबी बुजुर्ग है ताबी उसको कहते हैं जो स्याबा के शागिरद होते हैं इमाम साहब ने बहुत सारे स्याबा की ज्यारत की उनकी खिदमत में रहे उनसे दीन सीखा और फिर उम्मत मुसलिमा को दीन के उसूल बनाकर अता फ़रमाए क्यामत तक जितने लोग भी फ़िकी मसाइल सीखेंगे वो सारे ही मामे आज़म अबूनीफ़ा का शुक्रिया अदा करके सीखेंगे फिका होती क्या है कुरान पाक फ़ुरकान अमीद में अल्ला ने फरमाया फ़स अलिक्र कुम लाता फरमाया अगर तुम्हें किसी बात का इल्म न हो तो उससे पूछ लिया करो जिसे अल्लाह नेता फरमाया है तुम्हें जब इल्म न हो तो उनके पास जाओ जिन्हें अल्लाह नेम दिया इसका नाम फ़िका है किसी आलिम की किसी बुज़ुर्ग की तकलीद करना उसके मुकलद होने का मानना यह है कि आप किसी एक शख्सियत के एक बुज़र्ग के कौल पर एतबार करते हुए कि इसको दीन का इल्म ज़्यादा है तो जो बात वो बताए चूँकि हर आदमी ये ताकत नहीं रखता कि वह सारे कुरान का मताल करे तफासिर का मताल करे अहदीस का मताल करे उनकी शराह देखे सहाब के राम के अकवाल देखे सि मसले में क्या मौकफ़ था क्या राय थी हर चीज को परखे हर आदमी के बस की ये बात नहीं होती तो उसके लिए शरीय इस्लामिया के कानून बना दिया गया कि तकलीद कर लो दलील क्या है नबी करीम सैद आलम सल्ला ने हजरत माजिब ने जबल रदी अल्लाह तमन का गवर्नर बनाया था ये बात आपने थोड़ा समझ नहीं है इसलिए कि ये हमारे दौर का एक नया फितना है लोग कहते हैं मेरे एक हाथ में कुरान है एक में अधीस है और बंदे भी बड़ी जल्दी आके कहते हैं जी वो फला आदमी तो कुरान और अधीस के बाद बात ही नहीं करता सिर्फ कुरान और सिर्फ उसके अलावा तो बात ही नहीं करता जरा एक एक सवाल का जवाब दीजिए ये दी जो बुखारी शरीफ की अधिस आपको बताई जाती है तो ये हमें किसने बताया कि ये नबी पाक की हदीस है जी इमाम बुखारी ने किसने बताया तो एतबार किस पर किया आपने या तो कोई बंदा कहे ना जी मुझे डायरेक्ट नबी पाक ने बताया है फिर तो समझ में आई कुरान और तो जब तू इमाम बुखारी पर एतबार कर रहा है वो कह रहे हैं ये नबी पाक की है है तू मान रहा तो फिर किस पे हुआ बोले इस बात को समझे लोग आपको बड़ा साफ सुथरा सा नारा देते हैं सिर्फ कुरान और सिर्फ अधीज तो भाई ये बताओ चले कुरने पाक तो अल्लाह का कलाम ऐसे भाने हम तक पहुंचा दिया तो अध कैसे आई इन लोगों से बिगड़कर एक नया फिरका बन गया वो कहते हैं कुरान है, हम हदीस भी नहीं मानते चकड़ाली ग्रुप उसको कहते हैं वो वो लाहौर में भी कुछ तबका उसका पाया जाता है वो बिगड़ गए तो नहीं मानते ऐसे ना करो भाई इस तरह तो सारा दीन मशकूक हो जाए इलम वालों का रास्ता हमें किसने बताया कुरने पाक में किसने बताया अल्लाह ने कहा फसा अगर तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो जिसको इल्म है उससे जाके भाई मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं अब कहूंगा पहले कुरान पाक से मुझे निकाल के दो गाड़ी मुझे अल्लाह सिखाए चलानी हदीस पाक में पहले लिखाओ कि गाड़ी ये उसका नंबर हो फलानी इलाके की बनी हुई है मैं किसी बंदे से सीख लू या मुझे हदीस पाक से मिल जाएगा तो भाई ये अजीब सी बात है तू तो गाड़ी चलानी सीख नहीं तो जिसको गाड़ी चलानी आते है उसके पास जा सीख ले तो दलील मांगने लग गए तो भई कुरान और अजीज का इलम जिस बंदे को ज्यादा है उससे स्पेशलिस्ट के पास जाए आप वो आपको बताएगा आपने क्या करना है बात खत्म हो गई अगर आपको शौक है खुद मुजतद बनने का तो ठीक है आप उतना इल्म करें वहां तक आप जाए शेख उम्वाजा कमरुद्दीन सयाल भी रहमत खावाजा साहब के पास एक शख्स आया जाए अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ गई तो बड़ा बड़ा फायदा हो जाएगा बड़ा फायदा होगा यह लफज अगर आप समझ गए अल्लाह करे मेरी कौम समझदार हो जाए यहां तो कहना अल्लाह करे सुन्नी को भी कुछ समझ आने लग जाए ख्वाजा साहब के आगे पास आगे एक बंदा आया कहने लगा इमाम आजम की बात नहीं माननी चाहिए इमाम आजम की बात उनकी तकलीद नहीं करनी चाहिए बड़ी मोटी बात ख्वाजा कमरुद्दीन श्याल भी कहने लगे तेरी ये बात मान लू तेरी बात कोई नहीं समझ आई आपको कहने लगा इमाम आजम की बात आप फरमाने लगे तेरी ये बात मान लू बंदा चुप कर गया कहने लगा जी आपने कहा क्या कहने लगे तेरे जैसे फजूल की मानो और इमाम आजम अबू की ना मान फरमाने लगे तू तो खुद अपनी तकलीद करा रहा है खुद एक साहब मुझे कहने लगे नहीं हम नहीं किसी की मानते हमारे मौलवी साहब कहते हैं सिर्फ कुरान और अधीश की मानो और मैंने कहा तू मान अपने मौलवी साहब की रहा हमारे मौलवी साहब कहते हैं कुरान और तो तो मैंने कहा तू तो मौली साहब की मान रहा मान रहा रहा है है कुरान कब छोड़ सारे हो पहले सीख दीन दीन के फिर फिर पूरा पढ़ और मुझे तो तो किसी ना किसी शक्ल में तो हम तकलीफ क्यों करते हैं? समझे इस बात नबी करीम -सलाम ने हजरत जबल रजी अल्लाह का गवर्नर बनाया नबी पाक ने फरमाया तुम्हारे पास लोग अपने मुकदमे लेके आएंगे कैसे फैसला करोगे अर्ज की यारसूल सल्ला सल मैं अल्लाह का कुरान दे के फैसला करूँगा तो नबी पाक ने फरमाया अगर तुझे कुरने पाक से ना मिला तो अगर तुझे अगर आप गौर से सुन रहे होते तो आपको इस बात पे इतराज होना था जो मैंने कहा इस पर आपको इतराज होना था अगर आप गौर से मेरी बात सुन रहे हो नबी पाक सलाम ने यह नहीं फरमाया कि कुरान में है नहीं फरमाया अगर तुझे ना मिला तो लफ्जों पे गौर किया करें अगर तुझे तुझे ना मिला तो तुझे ना मिला तो ये नहीं फरमाया कि कुरान में हर मसले का हल हजरत सैदना अब्दुल्ला इबन अब्बास फरमाया करते थे मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो मैं कुरने पाक से जाके पूछता हूँ कहाँ रखी हुई है और मुझे कुरने पाक बताते हैं कि फलानी जगह ये नहीं कि कुरान में मसले का हल मौजूद हर आदमी के पास इतनी अकल है? नहीं होती कि मसले का हल बता सके अकल नहीं इतनी होती शौर नहीं होता बल्कि इमाम बुखारी खुद इमाम शाफी के मुकल है लो कर लो कर बहुत बड़े मुहद्दस हैं और खुद मिसाल बयान करते हैं हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो पंसारी होता है ना उसके पास जड़ी बूटियां सारी होती हैं पर उसे नुस्खे का पता जड़ी बूटी को किसके साथ मिलाएं किसको किसके साथ रखें तो क्या बनता है पंसारी को पता आजम बताएंगे ये इमाम शाफी बताएंगे ये इमाम मालक बताएंगे ये इमाम मोहम्मद बिन हम्बल बताएंगे वो स्पेशलिस्ट है हम जमा करने वाले हैं वो हदीसे सामने रख के उम्मत की रहनुमाई करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु सल अलाम ने फरमाया माज तू जा रहा है अगर तुझे वो मसला कुरान से ना मिला तो क्या करेगा अर्ज की हजूर कुरान से ना मिला तो आपकी अदीज से तलाश कर लूंगा तो नबी पाग ने फरमाया अगर वहां भी तुझे ना मिला तो ये नहीं कि है नहीं अगर तुझे तुझे ना मिला तो अर्ज की यारसूल फिर मैं कुरान और अदीज को सामने रख के अपनी राय बयान करूंगा तो नबी पाग ने उनके सीने पे हाथ फेरा फरमाया जा फिर अल्लाह तेरी मदद करेगा अल्लाह तेरी ये फिका है ये इतनी सी फिका है इसको समझ ले आदमी को हर शाय नसीब बाबा फरीदुद्दीन के पास बंदा आ गया उसने कहा पुराना बुखार है जाता कोई नहीं बाबा साहब ने कहा आहद फूक मारी बंदा कहता बैठे बैठे मेरा बुखार उतर गया उसने गाँव जाके ऐलान कर दिया जिसका नहीं उतरता सारी आ जाओ रश हो गया फूके बड़ी निकली शिफा कोई नहीं लोगों ने पकड़ के पैंटी लगाई उन्होंने कहा इतनी इतनी दूर से आए हैं और तू अल्लाह के बंदे राम एक को भी नहीं आया और बाबा साहब के पास आ गया कहने लगा सूरत हिलाह दो है कि एक ही है बाबा साहब कहने लगे बेटे एक ही हैदरत जी आप फूक मारे तो बैठे बैठे बुखार उतर जाए मैंने सौ दफा पढ़ी है सौ फूकेंगे मुंह भी तो, तो फरमाया मुझे अल्लाह तबारक वाता ने तोफी दी है मैंने कभी नहीं की मैंने कभी झूठ नहीं बोला मैंने कभी हराम नहीं खाया मैंने कभी अपनी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखाया फरमाया मैंने इस है तो अल्लाह ने, अल्ला ने असर पैदा कर दिया तो भाई हर आदमी के यही हमारे बुजुर्गो का मौकफ है यही हमारे बुजुर्गो की राय के कुरान और अधीज को सामने रखो उसमें से मसला खज करो दलील पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो कस्मे खाया करते थे कस्मे बड़ी अजीब खाते थे एक बंदे ने कसम खा ली कि मेरा काम हो गया तो वो वाली इबादत करूंगा उस जो उस वक्त दुनिया में कोई ना कर रहा हो इतनी सख्त कसम खा ली अब वो काम हो गया तो क्या करे अगर नमाज पढ़े तो लोग पढ़ रहे हैं सारी दुनिया में नमाजें अजान पढ़े तो पता नहीं कहां कहां अजान हो रही है फंस गया मामला उलझ गया तो गौसे आजम जेलानी के पास गया का हजूर अब क्या करूं आप फरमानने लगे कुछ भी नहीं हरम शरीफ चला जाबा जा। तो एक ही है ना पूरी दुनिया में एक मिनट के लिए सब लोगों की मिन्नत करके तवाफ रुक जाए एक चक्कर तवाफ का तू तो अकेले कर ले तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी अब ये फकाहत है हर आदमी को नसीब हर आदमी को ये नसीब नहीं होती याद रख आगे चलिए इमाम आजम अब वनीफा का जमाना एक बादशाह ने कसम खा लिया अपनी बीवी से कहने लगा अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तुझे तीन तलाके अब मसला बन गया किधर से निकालें अब कुरने पाक में ये लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा कि औरत चांद से ज्यादा खूबसूरत होती है किसी में नहीं लिखा वाजे तौर पर कि बीवी से ज़्यादा खूबसूरत होती ओलमाएफा बैठ गए बगदाद बैठ गए औला माए मिस्र बैठ गए बादशाह था और फिर जो उसकी बीवी थी वो भी एक बादशाह की बेटी थी अगर ये तलाक हो गई तो दो मुल्कों की जंग छिड़ जाएगी हालात खराब हो जाए ओलम परेशान है जाए तो किधर जाए लोग परेशान होते होते होतेमाम आजम के पास चले गए कहने लगे सारे मौलवी कहते हैं तलाक हो गई आप बताए इमाम साहब कहने लगे कोई नहीं तलाक हुई कहा क्यों? फरमाने लगे अल्लाह फरमाता मैंने सबसे हसीन इंसान को पैदा फरमाया तो है तो जब सबसे हसीन इंसान है तो चांद से भी ज्यादा इंसान ही ऐसे ही है फरमा लिहाजा उसकी बीवी को तलाक मसला तो कुरने पाक से अलफरमाया ना लेकिन हर आदमी की वहां तक रसाई हो सकी ये फकाहत ये इल्म है और ये अल्लाह सब को बता नहीं करता ये किसी किसी का नसीबा होता है किसी किसी और वैसे भी अब तो लोगों को शौक है ना हर बंदा हर काम करना चाहता है श्याबा ये नहीं करते हदरत उम्र फारूक से प्यारा कुरान कोई नहीं पढ़ सकता वो पांच नमाजों की इमामत करते थे तरावियों की बारी आती थी तो हजरत बी बिन काब को आगे खड़ा करते फरमाते तो तू पढ़ा हजरत जनामे सयदना उमर फारूक को भी बड़ा अला कुरान पढ़ना आता था जब लेकिन जब अच्छी किराब सुनने को दिल करता था तो हजरत अबू सद खुदरी को बुलाते थे हजरत अब मुसाशरी को बुलाते उनसे सुनते थे भाई हर रह आदमी दौड़ के आगे बढ़ गया है और लोगों को बुजुर्गो के खिलाफ उकसाता है कहता तक कोई तकलीफ नहीं हमें खुद समझ में आती खुदा के बन्दे जब स्याबा कि मुरीदवान सियाबा हजरत उम्र फारूक का तरीका ये था जब कोई बंदा पसला पूछता तो कहते अली के पास जाओ इसलिए कि जो इल्म अल्लाह ने अली को अता फरमाया वो किसी के हिस्से में नहीं आया जो इल्म अल्लाह ने और उसकी दलील उनकी फकाहत है एक बीबी थी दाई थी वो। उसके घर में बच्चे जन्म लेते थे बच्चे पैदा होते थे ये होता है ना वो इल्म होता है फकाहत फकाहत होती है और ये अल्लाह की अता है ये रब की अता है जिसको चाहता है अता कर देता है ना इसमें हसद हो सकता है ना इसमें कोई शख्स कह सकता है मुझे क्यों नहीं मिली हजरत अली रदी अल्लाह तु का जमाना है एक बीबी का खेमा था झोपड़ी थी जैसे आज हॉस्पिटल बने हुए वहां बच्चे पैदा होते हैं एक बीबी थी वो दाई थी काम करती थी ये वाला उसके घर में दो केस इकट्ठे आ गए ना इतनी लम्बी चौड़ी लाइटें होती थी उसने अपनी झोंपड़ी में दोनों बीबियां इकट्ठी थी दोनों को अल्लाह तला ने औलाद दी रात बड़ी गहरी थी अंधेरा बड़ा सख्त था एक के घर में बच्चा पैदा हुआ दूसरे के घर में बच्ची पैदा हुई अब जब सुबह का उजाला निकला तो झगड़ा शुरू हो गया दोनों बीबियां मुतालबा करती हैं बेटा मेरा है बेटा मेरा है अब वो दाई भी नहीं बता सकती बड़ा सख्त था बुरी औरत थी समझ नहीं आती क्या करूं तलवारों तक बात चली गई लोगों ने कहा क्यों लड़ते हो जब मौला अली शेर खुदाजी मौजूद है अना मदीना तो इलम बाबू हा नबी पाक ने फरमाया मैं इलम का शहर हूं अली उसका दरवाजा है फरमाया जब इतना बड़ा शख्स मौजूद है तो जरूरत ही नहीं लोग परेशान होके गए जाके काने लगे एक मसला आ गया जरा सोच कर गौर करके कर बताइए अंधेरे में बच्चा पैदा हुआ एक बीबी के यहाँ बेटा एक के यहाँ बेटी अब दोनों बेटे की तलब गार है फैसला कैसे करे हजरत तो अली ने कहा बड़े तुम परेशान आए थे ये भी कोई बात है दोनों बीबियों का थोड़ा थोड़ा दूध निकाल के तो जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है का हजरत जी मसला आपने कैसे निकाला फरमाने लगे कुरान पाक से निकाला का क्यों फरमाने लगी अल्लाह कुरान में कहता है, मैंने बेटे के दो हिस्से रखा हुआ है तो जब अल्लाह तो निकाल के तोलाकदारितनी मकदार एक जितनी उसका आधा किलो दूध इसका एक किलो वजन किया तो पूरा हो गया पैमाने रखे गए तो वो नापने में और था तोलने में उसका दूध वजनी निकला जब दूध वजनी निकला तो जनाब सली मुर्तदा फरमाने लगे जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है अल्लाह डबल वजन का दूध अता करता है कहां से निकला बोलिए लेकिन हर बंदा निकालने की ताकत यही हजरत इमाम आजम अबिफा का कमाल है सयाबा के जमाने में जरूरत नहीं थी स्याबा को एक तो वो इतनी लापरवाही की नमाज नहीं पढ़ते थे जितनी हम पढ़ते अता ही में बैठे सूरत फात्या पड़ी जा रही है में बैठ के बंदे पूछते हैं, आगे। कहते हैं हदरत, मैं में सूरत फात्या पढ़ रहा था सारी पढ़ लिया वो तो रुकू का वक्त आया आया तो तो याद आया कि ये आता तो है इतनी लापरवाही की पहले तो वो नमाजें नहीं पढ़ पड़ती फिर अगर किसी को गलती हो जाती तो सामने जनाब मेरी सालत मब सल्लाम का जलवा बद मौजूद था वो जोर से पूछ लेते जब वक़्त गुजरने लगा ना ताबेन का जमाना आया तो फिर मसला बना एक तो कुछ थोड़ा थोड़ा मिशकते नबूत से लोग दूर हुए तो लापरवाही भी आने लगी अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि फातिया तो क्या में बंदा चला गया तो रुकू तो कर लिया लेकिन सुबहान रबिया अजीम नहीं याद रहा तो क्या करें? सजदे में गया सुबहर रबिया नहीं पढ़ा तो क्या करे अब मसायल बने अब जरूरत हुई इमाम आजम ने उसूल फिका मुरतब की हमें बताया कि नमाज में फर्ज क्या है नमाज में वाजिब क्या है नमाज में क्या शाय जरूरी है और क्या शाह जरूरी नहीं है वो भी उन्होंने, सामने रखी। नहीं फरमाई। फिर उन्होंने मसला बताया कि क्या करना फर्ज है रुकू करना फर्ज है लेकिन रुकू में सुबहाना रबीम कहना सुनत है अगर किसी की रह भी जाएगी तो उसकी नमाज हो जाएगी कौमा करना फर्ज है करना फर्ज है लेकिन सजदे में सुबह कहना सुनत है इमाम कौन थे कपड़े के एक बहुत बड़े ताजर थे उनके बेटे थे पूरा नाम था नौमान बिन साबत इमाम आजम उनका लकब है अबू उनकी कोनीयत है लोग जब अपनी मर्जी की बारी आती है तो हरम शरीफ के हवाले देने शुरू कर देते हरम शरीफ में जो होता है में। मैंने कहा चलो वही मान लो मस्जिद नबी में बाबे बिलाल से दाखिल हो जाओ या बाबे हजरत से दाखिल जब दाखिल होगे अंदर मस्जिद के कदम रखोगे दोनों दरवाजों से जाके तो जो खुला सेन मिलेगा उस सेन के ऊपर जो सामने नजर डालोगे तो चार इमामों के नाम लिखे हुए अफिका के जो सबसे पहला नाम लिखा है वो इमाम आजम अबू अलीफा का लिखा हुआ है आज भी मस्जिद नब्बी में आज दूसरा इमाम शाफी का तीसरा हजरत इमाम मालक का चौथा इमाम मोहम्मद बिन अम्बल का और आज भी फुकाए मक्का और मदीना जब फतवा देते हैं तो इमाम महमद बिन अम्बल के कॉल पर फतवा देते हैं और हर जगह वो ऐलान करते हैं कि अंफीका के मानने वाले मुकलद है इमाम मोहम्मद बिन अम्बल के वो ऐलान करते हैं उन्होंने लेके लगाया हुआ है। एक पूरी दुनिया की लोग तो किसी न किसी इमाम की तकलीफ करें और एक छोटी सी जमात उठ के कहे नहीं हमें डायरेक्ट समझ आई है तो कैसे भाई तुम्हें समझ आ गई इमाम अबा का नाम नौमान बिन साबत था कूफे में पैदा हुए थे के शागिर्द थे 80 हिजरी में पैदा हुए 150 सौ हिजरी में आपका विसाल हुआ बाप ताजर थे आप फरमाते मैं से आना हुआ तो तजारत में लग गया रेशमी कपड़े का कारोबार था बहुत बड़ा घराना मालदार था हमारा मैं गली से गुजरता था रस्ते में इमाम शाबी का मदरसा था मैं बच्चों को पढ़ते देखता था मुझे शौक होता अक्सर मैं वहां दो चार मिनट दस मिनट करता एक दिन इमाम बड़ी रोशनी है मुझे लगता है मेरा रब तुझसे कोई बड़ा ही काम लेने वाला है तू आ नहीं जाता पढ़ नहीं लेता इकबाल कहते अगर कोई शोब आए मुजसर शुबानी से कलीमी दो कदम है अल्लाह करे किसी कोई मिल जाए किसी को कोई कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है अल्लाह करे को मिल जाए फरमाते हैं इमाम ने मेरी बात हुई तो मैं हजरत हम्माद के मदरसे में दाखिल हो गया इमाम हम्माद बहुत बड़े मुफ्ती थे सनत भी छोड़ ले इमाम आदम शागिर्द है इमाम हम्माद के और इमाम हमाद शागिर्द है हजरत इब्राहिम नकई के हजरत इब्राहिम नगिर्द हजरत अलकमा के और हजरत शगिर्दरत अब्दुल्लाजरत अब्दुल्ला जिनकी ड्यूटी थी नबी पाक का डंडा मुबारक का साह उठाने की और जूते उठाने की डायरेक्ट नबी पाक से इल्मीन हासिल किया करते सन्द इम आजम अबूा की हजरत इमाम आजम कहते हैं इमाम हमाद के मदरस से पढ़ने लगा कई साल है कि मैंने उनके मदरब से किया जब मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं कहा मदरसा बनाऊ मैं किस मच्छर में बैठू मैं तो कहते मेरे उस्ताद अपनी कुर्सी से उठे और मेरा बाजू पकड़ के अपनी जगह पर बिठाया कहने लगे मैंने तुझे पढ़ाया है लेकिन रब ने तुझे बड़ा ही अता किया है अब तू कहीं और नहीं जाएगा मेरी मसलत पर बैठकर लोगों को पढ़ाया करेगा इमाम आजम अब वनीफा ने का और उसूल का इलम वहां से हासिल किया फरमाते फिर मेरे उसने मेरी ड्यूटी लगाई फरमाने लगी अब तू किसी ऐसी जा, जहां से तुझे तकबे की रोशनी मिले कोई मुरशद नमाजा हो बन फकी मारे चोर अंदर का हो हजरत इमाम आजम सनजरी में कहते हैं में। आज से चौदह सौ साल पहले साढ़े तेरा सौ साल पहले इमाम आजम कह रहे हैं मुझे जरूरत थी मैं जाके किसी के हाथ में हाथ दू ताकि मैं उससे इसलाह लू जो मेरे कल्बो नजर को सही करे हम तो सारे से आने हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं फरमाते मैं अपने उस्ताद के कहने पर इमाम जाफर सादक के पास गया दो साल इमाम जाफर सादक ने मुझे प्रैक्टिकल कराया जो इलम मैंने इमाम से सीखा था उस पर अमल करने का तरीका मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया दो साल अरे इमाम आजम फरमाया करते थे अगर वो दो साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता वो दो साल ना होते तो मैं फरमाते उनसे मैंने पढ़ना पढ़ाना सीखा और इमाम जाफर सादक रात को मुझे साथ खड़ा करते और सारी सारी रात नफल पढ़ाते वो मेरी तरबियत करते वो इल तो मेरे अंदर था लेकिन आज भी तकवा परेजगारी इबादत कुरान से प्यार ये मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया इमाम आजम अबूा बहुत बड़े फकीर बने फिर मदरसा बनाया फिर खानका बनाई फिर इमाम साहब ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह रसूल सल्लाम के दीन का पैगाम दिया ऐसा भी वक्त आता एक आयत शुरू करते तो सारी रात वो आयत ही पढ़ते रहते सारी रात पढ़ाया लोगों से प्यार किया खुलूस बांटा बहुत बड़े मालदार थे एक बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू मालक का इतने बड़े शख्स है कि हारून रशीद ने इन्हें काजी उल्कुजा बनाया था चीफ जस्टिस बनाया हजरत इमाम मालक कहते हैं मैं गरीब का बेटा था अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते हैं अमीरों के बच्चे एफ एस सी पढ़ते हैं बी एस सी पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं और फिर अमीरों को मिबरियाँ मिलती हैं गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिम्बरता फरमाता है मुसल रसूल अल्लाह देता है हजरत सैदना इमाम अबू मालक फरमाते मैं गरीब का बेटा था और मेरी छ सात महीने में अकेला भाई था आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे सलीका समझा दे ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा मेरी बेटियों का पेड़ पालेगा धोबी कहने लगा ठीक है मैं दो तीन दिन भी दूंगा महीने के और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगा इमाम अबू मालक राममत ने फरमाते मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला मैं गुर्बत के आलम में निकला रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते एक दिन इमाम आजम बाहर निकले। मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया सीने से लगाया माथा क्या नाम है, है।, है? है? चल आजा पढ़ा कर आ जा मदरसे में पढ़ा कर कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता घर से काम करने आता सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ मैंने वो देगा जो ड्यूटी पे जाता जाता हो मैं तो पढ़ने जाता हूं। कहते घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया मेरा बच्चा खराब कर दिया मैं काम पे भेजती थी इसने किस चक्कर में डाल दिया मसलों से भी कभी पेट भरा है काम भी तो करने चाहिए ना कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई माम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी अरबों खरबा पति थी और फिर इतने बड़े आलिम फकीर सारा बगदाद सारा कुफा, सारा मिस्र सलूट करता है बीबीआई और तेल जुमले और तो का तरीका होता कहने लगी मोल भी तेरी सफेद दाड़ी तेरा इतना नाम तुझे ख्याल ही नहीं आया मैं बेबा औरत हूँ तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला मेरी ये तीन बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी मसलों से भी कभी पेट भरा है कहती इतने सख्त जुमले कहे पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे कहने लगे मेरी गलती है मेरी गलती है मेरी गलती है बीबी भूल गया था गलती हो गई बीबी क्या तेरी माम साहब सुनते रहे जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया उतर गया है कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है तेरा बेटा बड़ा लायक है तू इसे पढ़ने दे कहने लगे चुप कर बे मोलवी ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी माम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है उसने एक लफ्ज तो है तीन दिनार का एक रवायत ऐसी भी लिखी है ने कहने लगी चालीस दिन है और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए हालांकि मैं कनाब का खर्चा करती थी लेकिन जब खुला डुला करें तो वो वाला खर्चा बताया मैंने कहा चालीस दिनम खर्चा है तू देगा तो कहते मामे आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे यकम से पहले आएंगे ओ भाइयो कहा उस्ताद मिलते हैं कहा उस्ताद मिलते हैं कहा वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते करते, करते। प्यार करते। गुजर गया वो दौर। अब तो सूट लेने का दौर है हाथ डलवाने का दौर आया है। अब कौन पूछता है अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहा एक दिन नहीं दो दिन नहीं चार दिन नहीं पांच महीने नहीं बीस साल तक कहना आसान बोलना आसान सुनना आसान 20 साल तक इमाम अबू मालक के घर में खर्चा देते रहे वो पढ़ते रहे अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है तो पढ़ के बनेगा क्या हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठ कर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा वक्त आएगा तू देखेगी कहते मेरे इमाम इंतकाल कर गए वक्त बीत गया हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा मैं चीफ जस्टिस बना मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी की की बड़ी फरमा बरदार थी मोहब्बत करने वाली थी उसने हलवा बना के भेजा खाना बना के भेजा हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यही आ गए मेरे साथ कहते कोने में वो बैठ गया एक में मैं बैठ गया बीच में खाना रख लिया इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई दो लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा एक यतीम एक लवार एक बेन बाब का बच्चा वो कल तक जो बहनों के लिए चार दिन आर नहीं ला सकता था तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई रोई, चीखे मारी मैंने कहा अम्मा क्या हुआ कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इलम पढ़ने दे इसे फकीर बनने दे ये बहुत आगे जाएगा देखा ने तुझे कितनी शान की है है है ये ये कमाल ये कमाल ये कमाल तेरा आज तो नहीं आजम तो का का जिन्होंने तुम्हें तक कोई यतीम बच्चा ढूंढ ले कोई लावार ढूंढे उसकी वर्दी अपने जिम्मे ले लें किताबें अपने जिम्मे ले ले उसका खर्चा अपने जिम्मे ले ले जेब में टाफिया डाल के जाया करे कि गरीब को देनी है पर मैं दो महीने ये वाला वजीफा भी पढ़ के देखे अल्लाह आपको सुकून अता करेगा यह भी कहने लगे बड़ी ठंडक हुई है बड़ा सुकून मिला है बड़ी ताबेदारी मैंने कहा लफ्जों से सुकून चाहते हैं वो लोग खिदमत करके सुकून लेते कुफे का एक अमीर आदमी था फिर गरीब हो गया गरीब गुर्बत बड़ी परेशानी है बड़ी परेशानी बड़ी आजमाइश गरीब बेवकूफी इसलिए होता है कि उसके जेब में पैसे नहीं होते गरीब गरीब मजबूरी इसलिए होता है कि उसके पास होता कुछ नहीं ना तो सारी आजमाइशी आ जाती गरीब आदमी था मेहनत मजदूरी करता लेकिन पूरी ना होती वो कहता है एक दिन गली में ककड़ी बेचने वाला आया तो मेरी एक बेटी थी छोटी सी बाकी बच्चे बड़े थे छोटी जिद करने लगे आने लगी ककड़ी खानी है ककड़ी तुम्हें परेशान हो गया दिल टूट गया बेटी ने सवाल किया है फरमाते मैंने सोचा किसके पास जाऊं किसी और के पास मुझे समझना आया मैं सीधा इमाम आजम के पास चला गया यह शख्स है जो मुझे देगा भी और मेरा पर्दा भी रखेगा मुझे देगा भी और मेरा बोलिए मेरा ये पर्दा भी रखेगा ये रुशवा नहीं करेगा ये फोटो नहीं खिंचाएगा ये फोटो खिंचा के पहले दिन फेसबुक पर नहीं लगाएगा कि मैं गरीबों में थैले बांट रहा हूं ये उसी वक़्त अखबार वालों को नहीं मिलाएगा एक थैला और छह अखबारों में तस्वीरें ये इस तरह नहीं कह रहा हजरत इमाम आजम के पास गया तो फरमाते राश बहुत ज्यादा था मैं इमाम साहब से बात ही ना कर सका वापस आ गया इमाम साहब ने बंदा भेजा फरमाया पता करिए बंदा किसी जरूरत के लिए आया था रश की वजह से बात नहीं कर पाया कहते वापस मेरे पीछे बंदा भेजा वो मेरे घर तक आया गारा के उसको हालात का पता चल गया वापस गया कहते हैं तीन की के इमाम आजम लाए और आए और रात के अंधेरे में आए और मुझे थैलियां देके ना तो मेरे आगे हाथ बांध दिए मैंने कहा हजूर हाथ क्यों बांधते हैं आप फरमाने लगे यार दुख इस बात का है कि तू मेरा पड़ोसी था और तेरी गुर्बत का मुझे पता ही नहीं चला मेरे इलाके का था और मैंने सोचा ही नहीं मेरा अपना था मुझे ख्याल ही नहीं आया और मैं कर दे मेरी शिकायत ना करना के ये मेरी तरफ तोज्जो नहीं करता इल भी था अमल का नूर भी था तकवे का हुसन भी था गरीब की मदद का जज्बा भी था आज लोगों पर माल कफ इतना सवार होता है सब पर नहीं लेकिन ज्यादा लोगों पर जैसे जैसे माल आता जाता है वैसे वैसे अकल भी आती जाती है वैसे वैसे सियाने भी होते जाते हैं कहते हैं वो भी कमाए वो भी करे मैं तो टेक्निकली बढ़ाऊ मैं अकलमान बड़ी ना बहन की फिक्र रहती है ना भाजों की फिक्र रहती है ना रिश्तेदार की फिक्र रहती है ना दाएं बाएं कुछ देखते लोग जैसे जैसे पावरफुल होते जाते हटते जाते कटते जाते अमीरों से गिरने लगते जाते आगे की तरफ देखते जाते इमाम आजम अबू हनीफा रारी जिंदगी प्यार किया इलम फत तकवा रोशनी आज लोगों को इलम होता है पर इलम का नूर नहीं होता हमें बहुत सारी बातों का पता होता है पर वो बातें हमारे लफ्जों में होती है हम उसके हुसन से आगा और अगर मैं ये कह दू कि हमें उन बातों पर यकीन कामिल नहीं होता कह रहे होते हैं हम समझते बड़ी बातें करते हैं लेकिन उन बातों के पीछे जो अमल का जज्बा है वो फीका होता इमाम आजम अबू नीफा रहमत जितने बड़े आलिम थे उतना ही बड़ा खौफ था अल्लाह का दिल में उतना ही बड़ा ख़ौफ़ था एक आदमी कहता मैंने इमाम साहब से मसला पूछना था मैंने शाह की नमाज इमाम साहब के पीछे पड़ी कितनी लोग बातें सुनते हैं उसका असर कितना लेते हैं लेकिन इमाम साहब रहमत का तरीका क्या था कहते मैंने इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ी मस्जिद में तो कार साहब ने कुरान पढ़ा इजाजु खरा जाते आखिरी दो आज पड़ी हम या अमल मिसकाल खी जरा हम या अमल मिसकाल शर रही अल्लाह फरमाते में क्या तेरे जर्रे जर्रे का हिसाब करूंगा जर्रा बराबर में तेरे सामने आई जर्रा बराबर गुना हुआ तो तेरे किसके बराबर जी वो कितना होता है रेत का एक जर्रा उसके बराबर भी गुना हुआ तो तेरे सामने अल्लाह कह दिया है तो ऐसा इनशाला होके रहेगा अल्लाह एक नफा दिखाएगा दुआ फरमाए अल्लाह हमें माफी फरमाए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए अल्लाह हमें बख्शे हुए में शामिल में तो नमाजी सारे चले गए तो इमाम साहब बैठे अर्जुन अपनी दाढ़ी पकड़ ली चरा तम टमटमा कहते हैं दाढ़ी पकड़ ली और इमाम साहब बैठे हैं मैंने कहा कि किसी मेहवीत के आलम में है सोच में चले मैं थोड़ी देर में आता हूँ कहते मैं दो घंटे के बाद आया तो इमाम साहब वैसे बैठे दाढ़ी पकड़ी हुई मैंने कहा ठहर के आता हूं। मैं फिर एक डेढ़ घंटे के बाद गया तो वैसे ही बैठे कहते का वक्त हो गया मैं मस्जिद में गया तो चराग टिमटिमाने लगा खत्म होने के करीब आ गए इमाम साहब बैठे अब मैंने देखा कि आंखें आंसू से भरी हुई है और अपनी दाढ़ी पकड़ के खेच रहे हैं और कहते हैं या तो अगर जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो अब वो नीफा तो जाएगा अल्लाह तू जर्रे जर्रे के बारे में पूछेगा तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता खुदा बंदा इस तरह कर मेरे इन सफेद बालों पे खा। अल्लाह मेरे बुढ़ापे पे मेर फरमा। मुझसे ना जर्रे जर्रे का पूछना मैं बड़ा कमजोर हूं मैं नहीं जवाब दे सकता मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला कर कहते तड़प रहे इमाम साहब फजर की अजान हुई तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा मैं पीछे खड़ा था मैंने कहा सारी रात ही गुजर गई आप एक आए सुन के परेशान रहे और मैं रोजाना बीसियों तकरीरें सुनता हूँ दर्जनों सुनता मुझे तो असर नहीं होता आप फरमाने लगे मुझे तेरे मामले का नहीं पता लेकिन मुझे अगर तूने देख लिया है तो किसी के साथ जिक्र ना करना मुझे और फरमाने लगे फिर तू तो नेक आदमी होगा तुझे नहीं ख्याल आता तो मैं तो जानता हूं मन आनम के मन दानम पता सारा है सरदार दो की आना मैं तो जानता हूं ना मुझे खबर है लिहाजा मैं नहीं साफ दे सकता तेरा नहीं मुझे पता जितना मेरे भाई इल्म उतना खौफ भी हजरत अब्दुल्ला बातें करने वाला आलिम नहीं होता अल्लाह से ज्यादा डर जाने वाला आलिम होता है। जो आदमी लंबी चोरी गुफ्तगु करे वो फकीर नहीं वो अल्लाह से डरने वाला नहीं बल्कि जिसको वो बात करे तो थोड़ी करे डर के करे खौफ के साथ करे अल्लाह की खशियत जिसके दिल में हो वो बड़ा आलिम होता हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहामत माल थे और अपने माल में से हिस्से निकालते थे इमाम सब फरमाया करते थे मैंने चंद हजार दरहम रख दिए हजूर किस लिए फरमाया लोगों को कर्जा देने के लिए नबी पाक सल्लम ने फरमाया कर्जा लेने वाले को मना किया है फरमाया कर्जा एक कैद है बगैर मजबूरी के ना लेना अब लेने वाले भी एहतियात नहीं करते फटाफट कर्जे के पीछे बांटते बड़ी मजबूरी हो तो कर्जा ले फरमाया मकरूज कैदी होता है कर्जा लेने से बचो और देने वाले को क्या कहा फरमाया अगर सामने फरमायांग दस्त हो ना तंग दस्त दो, जितनी तुम मोहलत करने का रमजान शरीफ में ना कर्जे के हवाले से या कुछ अर्सा पहले किसी मौके पर कर्ज के वाले से को बात की तो एक साहब मुझे कहने लगे हजरत साहब किसी को लेना हो ना बीस तो उतरा के लिए गए तुझे भी करोड़ लाना हो तो फिर नहीं तराया जाता मैंने कहा क्यों हजार चल देना जो भीस हजार वाला ना माड़ा बंदा कू देने के तेरा बंदोबस्त करिए क्या चोरी साहब जुमेरात लिया किसी तरीके जुमेरात माड़ा है ना नबी पाक ने क्या फरमाया हजूर ने फरमाया तुझे पता चल जाए कि तंग दसता है तू मोहलत दे जितने दिन तू उससे पैसे नहीं लेगा उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाल दिया जाएगा अब लोग जो तगड़ी मोटे मगर माच है उनको मोहलत देते हैं नहीं आप बताएं आप कैसे दे सकते और माड़ा बंदा मैंने दो हजार देना है दुकान का उसको दुकानदार कहता है कल साइकिल लेके तब गुजरना मेरे आगे से अगर पैसे देने हैं तो मैंने साइकिल रख लेना धरना चाहिए अल्लाह पाकर हमें पता होता है सामने वाला गरीब है तंग दस मजबूर है मोहलत देनी इमाम साहब कहते हैं मैंने कुछ पैसे रखे हुए पस मंजर यह था कि गरीब लोग आते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा इमाम आजम अबा ने एक बंदे से पैसे लेने थे और हाल यह था कि आप धूप में खड़े थे साथ उस बंदे का मकान था लोगों ने कहा कहारत दीवार के साय में हो जाए फरमाने लगे इससे पैसे लेने हैं अगर साय में खड़ा हुआ तो सूद में शुमार हो जाएगा मैं इससे फायदा नहीं ले सकता एक बंदे से कर्जा लेना था वो आपको देख के गली और दूसरी गली में चला गया रास्ता बदल गया और छुप गया इमाम रोने लगे कहने लगे कहने अल्लाह इतना बुरा हो गया कि तेरे बंदे मुझसे छुपने लगे उसको ढूंढ के क्यों छुपता है लगा मेरी तरफ देख के देख। गरीब तो भाई गलियों में घुसते फिरते घुसते फिरते हैं, हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए मकर आदमी पता उस वक्त चलता है तब खुदकुशी कर गया पता उस वक़्त चलता है फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र ना करना हम तेरे साथ हैं तो उसके साथ होना था इनका बाद जाता। अब आयो इम लोग सहूलत देते आसानी देते प्यार करते मोहब्बत करते हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है हमारे अखलाकियात के अंदर वो हुसन नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए और फिर छोटी छोटी बातों में हुई बात का ख्याल करते छोटी छोटी बातों हम तो गाली देके भी कहते हैं ना चल क्या हो गया गाली दी है ना मैंने देखा है साइकिलो वाले की टक्कर अगर वाले के साथ हो जाए तो माफी साइकिल वाले ने मांगनी है क्योंकि वो साइकिल पे बैठा है ना उसकी गलती ये है कि वो साइकिल पे बैठा है माफी साइकिल वाले ने मांगनी है पुजारों वाला नहीं मांगेगा हो सकता है साइकिल वाला उठ के कहे जनाब मुझसे गलती हो गई मुझे पता ही नहीं था क्या आप थे मैं आपके आगे ना आता साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास नहीं और पजारों वाला तो शीशा नहीं नीचे करता कहता धूप आएगी गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है नीचे उतर के मुलाजम कहता इसको पूछो अगर को दो चार सौ का नुकसान हुआ तो पांच सौ दे दो मिजाज है इमाम आजमीफा आलिम का चोटी -चोटी। आपके 20 शागि पर तो कोई परेशानी है मेरे बेटे को। क्या हो गया? सारी जिंदगी शागि पर मुरीदों पर मोहब्बत का साइबान रहा ठंडी छाव रही इमाम साहब की इमाम आजम अब नीफा रहा गली से गुजर रहे थे लकड़ी के जूते पहना करते थे खड़ाओ एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया दुकाने लगा इमाम अल्लाह से डर जा ये जाए तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई कई घंटे बेहोश रहे लोगों ने कहा क्या हुआ फरमाने लगे तुमने सुना नहीं छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू नीफा अल्लाह से नहीं डरता अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा कई दिन रोते गुजर गए लोग उस बच्चे को लाए आगे कहने लगा हजूर आप तो परेशान हो गए मैंने तो मुहावरा तन कहा था मुहावरा तन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते माने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते सीधे दिल से जाके टकराते गली से गुजर रहे लकड़ी के जूते पहने कड़ाओ बारिश है कीचड़ है, है। दीवार के करीब से गुजरे तो थो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया यहां ट्रॉली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है यहां लोग, लोगों का घर तोड़ जाते हैं कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था फौरी तौर तो तो पे लोग मानने लो को लो तैयार तो ही नहीं इमाम साहब के पैरों से ये बारीकी समझे बिल्कुल बात का मसला है जो जानने वाले होते थे उनका यह तर्ज जिंदगी था कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पर पड़ गया इमाम साहब खड़े हैं सोच रहे करूं तो क्या करूं शागिर साहब थे हजरा जी क्या परेशानी है आप फरमाने लगे मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है साफ ना करूं तो भी जुलम है और अगर साफ करूं तो दीवार कची है जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुलम है अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं किधर जाऊं काजरा जी फिर फरमाया इसके दरवाजे पर दस्तक दो दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था आग की पूजा करने वाला इमाम साहब कहने लगे मुझे जानते हो कहने लगे सारा जानता है सारा बगदाद जानता है सारी दुनिया गलती हो गई है वो क्या आप फरमाने लगे मैं अपने अपने अंदाज में गुजर रहा था बूढ़ा आदमी हूँ ख्याल नहीं आया थोड़ा कीचड़ रोड़ के तेरी दीवार पे लग गया है मेरे भाई ये कुछ रिश्ते थोड़ी थे यही जमीन पर बसने वाले लोग थे एहतियात वाले लोग थे हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है कितने लोगों को लतार के कितनी पगड़ियां उछाल के कितने हुया कर के भी हम उसी तरह के मुतमिन के मुत्माईन है। कहां हैं कहां से तसल्ली लाते हैं हम कहा से अपने आप को ठंडक देते हैं कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ दे के? किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया अला फरमाया करते थे जा किसी से जाके इलाज करा तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया जा किसी से जाके इसकी दवाई खा तुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर। देख कर जा, जा करा। अगर ऐसे ही मर गया तो हालात तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है गरीब भी है कच्चे घर में रहता है फरमाया यार बताओ क्या करूं इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया कभी दीवार देखता कभी अपना आप देखता कभी इमाम साहब को देखता ताए बाए देखता पसीने आने लगे पता नहीं क्या सोचो का जजर चलने लगा कहां बात गई कहां तक उसकी सोच गई कहां पलट के आई कहने लगा इमाम साहब मैं तो चौक में रहता हूँ रोजाना पता नहीं कितनी गाड़ियां मिट्टी बरसा जाती है कभी कोई नहीं आया आपको क्या हुआ आप फरमाने मुझे किसी का नहीं पता मुझे तो मैंने जो पहले कलमा पढ़ाए मेरा दिल तो साफ कर देने लगा इतना मीठा दीन इतना प्यारा दिन इतना खूबसूरत दिन के गरीब की दीवार पर कीचड़ लग जाए और आपको इतनी तकलीफ हो मैं इस दिन से दूर क्यों यहाँ रोज यूरोप कहता है कि मुसलमान झूठी शादियां करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, नेशनलिटी लेने के लिए झूठ बोलते ईमान बेचते हमारे किरदार ने लोगों को मजहब और दिन दीन का बागी बना दिया हमारे बुजुर्गो का तरीका यह था कि छोटी छोटी बातों का ख्याल कर छोटी, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़े आलिम थे ये सारी नेकिया तो उनकी समाजी थी फलाई थी उनकी मुआशरत की नीतियां थी दुनियादारी लेकिन जो उनका बाकी का मामला था चार लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुरने पाक के एक रात में पड़ा करते उनमें पहला नाम हजरत उस्मान गनी का है पूरा कुरने पाक दूसरा मौला अली शेर खुदा का है तीसरा हजरत सईद बिन जुबैर का है चौथे इमाम आज मबूा है जो एक हाथ में पूरा कुरने पाक पढ़ दिया करते जिस जगह इमाम आजम की कबर बनी हुई है ना आजमिया एक महला है बगदाद का उसका नाम ही आजमिया इमाम साहब के नाम जहां कबर बनी हुई है वहां बैठ के इमाम आजम अब नीफा ने साठ मरतबा कुरान पाक खत्म किया खुद पढ़ा खुद फरमाया यहां मैंने दफन होना उस जगह साठ कुरने पाक पढ़े रमजान का महीना आता था तो इमाम साहब एक कुरान पाक दिन में पढ़ते थे एक रात को पढ़ा करते थे एक कुरान पाक सुनाया करते इमाम साहब रहा सारी रात नफल पढ़ते लोग कहते हैं कि इमाम साहब की रात नमाज के लिए खड़े होते तो एक रकन में पंद्रह सिपारे पढ़ते तो लोग कहते थे ये अबू नीफा नहीं ये तो को किसी ने पिलर खड़ा कर दिया ये तो कुछ सुतून है रुकू ही नहीं करता पूरे पंद्रह सिपारे यहाँ तो अभी तरावियां आएंगी लोग पहले से कहने लग गए बड़ी गर्मियों के रोजे बड़ी गर्मियों के रोजे और आ तो लेने दे भाई पौन तो लेने दे रमजान शरीफ को अल्लाह बड़ा मेहरबान है हर चीज को बदलने पर कादर है पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं मस्जिदें ढूंढेंगे जाए ऐसी अच्छा हो कुरान जल्दी पढ़ा जाए ढूंढ-ढूंढ के इमाम साहब रहा है और मैं अक्सर क्या करता हूं मैं कहता हूँ तू तरावी में खड़ा नहीं होता पासपोर्ट के दफ्तर खड़ा हो जाता है दो घंटे शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तो तीन घंटे खड़ा हो लेता है ये तेरा जुलम है अपनी जो तुझे कुरान के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता दुनियादारी के लिए खड़ा वो प्रोजेक्टर कराने जाए तो चाहे तुझे चार घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े वहां तो खड़ा हो लेता है अल्लाह से डर अपनी थोड़ी सी दुनियादारी के लिए सारा कुछ कर लेता है, इमाम है ले तो आरत के पहाड़ पचपन हज किए इमाम आजम ने कितने पचवंजा पचपन हज फरमाए आज एक मुशक्कत वाला काम है जदोजहद ज़्द वाला काम है जवान भी थक जाते हैं कहते हैं बड़ा मुश्किल है जी और ये जितना मर्जी आसान हो गया क़यामत तक इसने मुश्किल इसलिए कि ये एक मुजाहिदा है बचपन आज की आखरी आज पे गए तो काबे के मुजावर को कहने लगे जरा खोल नहीं देते काबे का दरवाजा मेरा अंदर जाने को दिल करता है उसने दरवाजा खोला अंदर गए तो कहने लगे खुदाया दो जुमले कहे कहने लगे अल्लाह जितना तुमने माल दिया था मैं उतना शुक्र नहीं अदा कर सका और जितना तुमने इल्म दिया था मैं उतना अमल नहीं कर सका अब बूढ़ा हो गया हूँ करना मुझसे दरगुजर वाला मामला का अरे अल्लाह अगर तू मुझे बता दे कि तू राजी राजिया नाराज है तो मैं जरा सुकून से मर जाऊं कहते काबे की दीवारों से आवाज आने लगी है वो नीफा तेरा रब बड़ा राजी है दातागंज बख्शली जैसा बाबा हजार साल पहले लिख के गए कशुल माजूर दाता साहब ने लिखा है हजार साल पहले कशफुल माजूर दाता साहब फरमाते मैं हजरत बिलाल की कमर पे हाजिरी देने गया नहीं हजार साल पहले के मुसलमान भी कबरों पे मजारों पे जाया करते थे दाता साहब लिखते कहते हैं मुल्क शाम में हजरत बिलाल अफसी की कबर पे हाजिरी देने गया मैं कबर पे हाजिरी दे के तो साथ लेट गया मेरी आंख लग गई मुझे ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ गोया हाजरी हजरत बिलाल की और बरकत यह कि वहां मुझे मुस्तफा का दीदार नसीब हो रहा है फरमाते हैं नबी पाक मेरी ख्वाब में आए हजूर ने एक बूढ़े बाबे के गले में आग डाला हुआ है और अपने साथ साथ चला रहे हैं मैंने अर्थ की यार, ये, कौन है। तो पाक ने ये तेरा इमाम इमाम आजम अबू है फरमाते मुझे समझ आ गई कि इमाम आजम भटक किस नहीं सकते कि उन्हें रसूल पाक ने सहारा फरमाया वो भय किस नहीं सकते कि नबी पाक ने उन्हें सहारा दिया ताँजी पक